فقال الله الله تعالى بالله من بسم फ़काल आऊदब्लिमीम बसमिल्लर कुलूनबिन जा इकतुलमौ देखें सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ माशरे में बुराई बड़ी तेज़ी से फैलती चली जा रही और इसको कोई रोकने वाला भी नहीं आ रहा आगे बढ़ रहा है अल्लाह के रसूल सल्हुसम कहते हैं कि जब तुम कोई बुराई देखो तो उसको पहले अपने पावर से रोको अपनी ताकत से रोको अगर ये भी हिम्मत नहीं है तो फिर अपनी ज़बान से रोको अगर ये भी आपके अंदर हिम्मत नहीं है तब तो फिर अपने दिल में उसको बुरा समझो हमारे यहाँ गाने बजाने का रिवाज बड़ी तेज़ी से फैलता चला जा रहा है अभी पिछले हफ़्ते में शादियाँ थीं लोगों ने किस कदर डीजे बजाए और ना जाने क्या क्या हुआ लेकिन हम इस बुराई को बुराई क्यों नहीं समझ रहे आखिर क्या हमें मरना नहीं है हमें कबर में नहीं जाना है? हम ये सब बातें सोचते क्यों नहीं हैं लोगों ने इतना उधम मचाया एक निकाह जैसी महफिल होती है मुकदस रिश्ते जुड़ते हैं अल्लाह की रहनतें उतरती हैं बरकतें उतरती हैं अल्लाह के रसूल इधर कहते हैं जिसने निकाह कर लिया उसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया लेकिन हम इसी महफ़िल में इसी बाबरकत मजलिस में हम शैतानी खुराफात भी करते हैं बेहयाँ भी लगाते हैं और हद तो ये हो गई है कि लोग इसको जो है ना म्यूज़िक को रूह की गज़ा समझते हैं कहते हैं जब तक म्यूज़िक नहीं सुनते तब तक, तक जो है को सुकून नहीं मिलता बताओ उस कौम के नौजवान का क्या बनेगा जो इस अल्लाह की इतनी बड़ी नाफरमानी को रूह से जोड़ते हैं उस कौम को मारने की जरूरत क्या पड़ेगी टैंकों और तोपों की ज़रूरत क्या पड़ेगी ये कौम तो खुद ब खुद अलग हो जाएगी सुल्तान सलाउीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो जिस मुल्क को जिस कौम को बड़ी बड़ी जंगों के बजाय बड़े बड़े तोपों के बजाय और बम और बारूद के बजाय चुटकीयों में खत्म करना चाहते हो मिनटों में ख़त्म करना चाहते हो तो उस कौम के नौजवानों को शराब का आदि बना दो उस कौम के नौजवानों को बेहयाई का आदि बना दो उस कौम के नौजवानों के अंदर जनाकारी का आदि बना दो उस कौम के नौजवानों को गाने बजाने का आदि बना दो वो कौम वो नौजवान जब क्या कहते हैं का आदि बन जाएंगे गाने बजाने का आदि बन जाएंगे शराब नोशी का आदि बन जाएंगे बताओ उस कौम के ख़त्म करने को किसी हिटलर की जरूरत पड़ेगी किसी वक्त की फ्र की जरूरत पड़ेगी वो काम तो खुद ब खुद हलाक हो जाएगी देख लें हम लोग कि जिस घर में अगर बाप शराबी है तो उसका बेटा भी शराबी है वो अपनी जवानी की हिफाजत के बगैर खत्म हो जा रहा वो अपनी नस्ल की तरबियत के बगैर खुद खत्म होते चला जा रहे हैं हम इस बुराइयों को बुराई क्यों नहीं समझते हैं तो मेरे भाई इन सब बुराइयों को खत्म करने की हमें जरूरत है वो कौम ख़ुद बखुद हलाक हो रही है वो नौजवान खुद ब खुद हलाक हो रहे हैं जो आज म्यूज़िक में मस्त हैं क्या हम भूल गए हैं कि हमें मरना है क्या हम भूल गए हैं कि हमें मरना नहीं है और हम ये भी भूल रहे हैं कि कब्र में नहीं जाना उस रब की बारगाह में नहीं खड़े होना और वो जो हमसे सवाल पूछे क्या हमें उसके जवाब नहीं देना जी बिल्कुल सब कुछ जवाब देना देखो आज सबसे बड़ी वजह यह हो गई है कि हमारे जीने का अंदाज आज ऐसा हो गया है कि हमें नहीं लगता है कि अब हमें मरना है हम बातें तो करते हैं मौत की भी करते हैं हदीसों में सुनते भी हैं कि दुनिया है मुसाफिर खाना है चंद रोजों के लिए आए हैं चंद मिनटों के लिए आए हैं लेकिन क्या हकीकत में हमारे दिल पर यह सब बातें तारीफ होती हैं बिल्कुल नहीं हमारे जीने का अंदाज आज ऐसा हो गया है कि अब हम नहीं चाहते कि हमें मरना मौत आने वाली है हम नहीं समझते कि दुनिया की जिंदगी चंद मिनटों की है बिल्कुल ऐसा हो गया पता असल में मसला क्या है एक कबूतर है वो जब बिल्ली को देखता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता और वो समझता है कि हम बिल्ली से महफूज हो गए लेकिन जब बिल्ली उसको अपने नकीले पंजों से बाद में जगड़ती है तब उसको हकीकत समझ में आती है कि देखो अब कहाँ आए और हम पहले कहाँ थे तो ऐसे ही बिल्कुल मसला आज हमारे साथ हो गया कि हम इतनी हबरतें देखते रहते हैं लोगों की मौतें होती रहती हैं लेकिन हम उनसे कुछ भी हासिल नहीं करते हम ये सोचते हैं हम बस खाली मुर्दे को कब्रिस्तान में ले कर आए बल्कि मुर्दा हमें कब्रिस्तान में ले कर आता ताकि एहसास हो कि कल को आपको भी यहीं आना होगा ज़िंदगी ऐसे ही बस खाली कटती चली जा रही है हम अपनी जिंदगी में रब के हुक्मों को तोड़ते चले जा रहे हैं रसूल्लाह की सुन्नतों से मुंह मोड़ते चले जा रहे हैं हमने सोच रखा है कि ये दुनिया ही सब कुछ है ये दुनिया ही की जिंदगी सब कुछ है सोचें आवारगी में लगी हुई हैं कान नगमे सुनते चले जा रहे हैं जबान झूठ बगती चली जा रही है बेहयाइयों में लगे हुए हैं सोचों में आवारगी नहीं आ रही है हम ये समझ रहे हैं ये दुनिया की जिंदगी सब कुछ है मेरे भाई मरना है आमलों का हिसाब भी होना है उस रब की बारगाह में जाना है क्यों ना हम उसकी तैयारी कर रहे हैं क्या उसकी तैयारी इतनी आसान है कि हम बस अपनी जिंदगी में लगे रहे अपनी दुनिया की जिंदगी को बनाते रहे और वो तैयारी हमारी हो जाएगी एक पेपर पास करने के लिए कितनी मेहनत लगती है लेकिन वहां तो तीन तीन हमसे एग्जाम होबर के अंदर क्या हम उसके जवाब दे देंगे मर रबू तुम्हारा रब कौन है माँ दीनू तुम्हारा दीन क्या है मादा तकुलफ आदर रजुल इस मुबारक चेहरे के बारे में क्या जानते हो बताओ जब हमारी जवानी ऐसी गुजरती चली जाएगी जब हमारे कान ऐसे ही नगमे सुनते चले जाएंगे हमारी ये पेशानी बग़ैर सजदे की ऐसी गुजरती चली जाएगी तो फिर बताओ वो सवाल के जवाब क्या हमें याद आएंगे उस वक्त सवाल के जवाब तो वही दे पाएगा जो अपनी ज़िंदगी रब के हुक्मों के मुताबिक गुजारेगा रसूल्लाह की सन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा वही सवाल के जवाब दे पाएगा फिर यही तीन सवाल नहीं है उसके आगे पांच सवाल हैं मैदान महेशर में कैसे हम उसके जवाब दे पाएंगे हदीस में आता है कि बंदे को उस वक्त तक नहीं हटने दिया जाएगा जब तक कि उससे पांच सवाल न कर लिए जाए अल्लाह उसको अपनी नजर से जब तक नहीं हटने देगा जब से जब तक उससे पांच सवाल न कर लिए जाए हन उम्रीफी अबलाहू क्या हमने जो तुम्हें जिंदगी दी थी इस जिंदगी को कहाँ काटा इस जिंदगी को कहाँ गुजारा क्या हमारे पास उस वक्त में कोई जवाब होगा 60-70 साल जो जिंदगी मिली इसको कहाँ लगाया फिर दूसरा जो सवाल होगा कि हमने जो तुम्हें जवानी दी इस जवानी को तुमने कहाँ लगाया क्या हमारे पास सवाल इसके जवाब होंगे कहीं ये जवानी आपने लैला के चक्करों में तो नहीं लगा दी ये जवानी आप चौकों और सड़कों पे तो नहीं लगे रहे ये जवानी अपनी बेहयाई में तो नहीं आपने गुजार दी क्या इसके हमारे पास जवाब होंगे उस वक्त में कितनी बर्बादी होगी हमारे पास और ऐसे भी बहुत से नौजवान होंगे जो जवाब देंगे कि अल्लाह हमने अपनी इस जवानी को तेरे हुक्मों के मुताबिक गुजारा हमने इस पेशानी को तेरी बारगाह में गुजारा और फिर तीसरा सवाल होगा कि हमने जो तुम्हें इतना पैसा दिया इसको कहां खर्च करा तीसरा और चौथा सवाल हो गया माल दिया कहां खर्च करा पांचवा सवाल जो हमने तुम्हें इलम दिया इसके मुताबिक तुमने कितने अपना अमल करा ये जवाब हम जबी दे पाएंगे जब हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाएंगे देखो आज हम मौत से बच रहे हैं लेकिन हम मौत से बच नहीं सकते इंसान दोजक की आग से बच सकता है आदाब कब्र से बच सकता है अदाब जहन्नम से बच सकता है लेकिन इंसान मौत से बचने की कोशिश कर रहा है इंसान आज दुनिया में खुदा बना बैठा हुआ है लेकिन सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो उसका खुदा बनने का भरम तोड़ देती है और वो है मौत क्यों इससे भाग रहे हो जब हमें मौत आनी है तो फिर मेरे भाई अपनी जिंदगी को उस रब के हुक्मों के मुताबिक काट दो उस रब के हुक्मों के मुताबिक गुजारो अपने लिए नेक अमल कर लो अगर वक्त है तो हमें एक छोटी सी शिकायत सुना दें आपको वो कुछ हमारे लिए लिएबरत है उसमें नसीहत है एक बादशाह था उसने एक बहुत बड़ा कंपटीशन करवाया बहुत बड़ा मुकाबला ये देखें कि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हमारे मुल्क में कौन है सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो कॉम्पिटिशन तैयार हो गया वहाँ एक शख्स निकला वजीर ने बादशाह सलामत कि यह शख्स जो है बड़ा बेवकूफ़ किस्म का है बादशाह ने भी पूछ लिया कि तुम बेवकूफ़ हो तो उसने कहा ठीक है हम ही बेवकूफ़ है। तो बादशाह ने अपने गले से एक डायमंड उतारी एक हार उतारा और उसके गले में डाल दिया बेवकूफ़ शब्द के कहा कि ठीक है अब वो बादशाह कुछ दिनों बाद बीमार पड़ गया अब वो इस दुनिया से कूच करने वाला था दूसरी दुनिया की तरफ उस बेवकूफ़ आदमी को पता लग गया तो वो बादशाह की जीारत के लिए गया, गयात के लिए गया और पूछने लगा कि बादशाह सलामत आपकी तबीयत कैसी है बादशाह ने कहा कि अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं ये दुनिया छोड़ रहे हैं तो उसने कहा आप ये दुनिया छोड़ रहे हैं आपके पास इतना बड़ा महल है आपके पास इतना बड़ा क्या कहते बेडरूम है उसके अलावा भी और लग्ज़री लग्जरी चीज़ें हैं क्या आपने वहां जहां जा रहे हैं जिस जगह उसके लिए भी कुछ तैयारी करी है यानी उसके लिए भी कुछ महल बनाया है तो वो बादशाह कहता हमने तो वहां के लिए कुछ झोपड़ी भी नहीं बनाई कहता बादशाह सलामत आपके पास इतना रुपया है इतना पैसा है इतनी चिल्लड़ है क्या आपने वहां के लिए भी कुछ जमा करा तो बादशाह कहता हमने वहां तो एक कौड़ी भी नहीं भेजी फिर वो बेवकूफ़ तीसरे तीसरे सवाल पूछता है कि बादशाह सलामत आपके इतने खादिम हैं नौकर हैं सब कुछ हैं क्या आपने वहां के लिए कुछ तैयारी करी कुछ भेजा तो वो बादशाह कहता है कि हमने कुछ नहीं भेजा अब वो बेवकूफ़ आदमी जो उसको हार मिला था वो हार अब बादशाह के पहना देता कहता है कि सबसे बड़े दुनिया में बेवकूफ़ आदमी तुम ही हो तो मेरे भाई अल्लाह के रसूल ने भी हमें बता दिया है कि अकलमंद वो है जो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला हम लोगों को मरने से पहले मौत की तैयारी करने वाला बनाए और कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी करने वाला बनाए और जो भी सुना है कहा है अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तोफ़ी कदा फरमाए अकबर अकबर اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد الرسول الله اشهد ان محمد الرسول الله حي